हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस ओ जे पी चैनल में एक बार फिर से तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ अगर आप नए हैं इस हमारे चैनल में तो कर लीजिए सब्सक्राइब क्योंकि आज की वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे आप किस तरह से हॉस्टिंगर से अगर आप डोमेन खरीदते हैं तो अगर आप उसमें अपलोड करना चाहते हैं तो उसमें कैसे वर्क करते हैं और किस तरह का प्लेटफॉर्म है और किस तरह का वो एक तरह का आपका वेब हॉस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी वेबसाइट को हॉस्ट कर सकते हैं और वहां पर आप डोमेन भी बाय कर सकते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेलाइकन दवा लें तो चलिए इस देखते हैं सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में होम दिखेगा फिर हॉस्टिंग फिर ई डोमेन वर एस वेबसाइट बिल्डर बिल्डिंग हेल्प स्टोर तो हम यहां पे सबसे पहले हॉस्टिंग में क्लिक करेंगे जैसे ही हम हॉस्टिंग में क्लिक करते हैं यहां पे आपको यहां पे मैनेज में जाना है जैसे ही आप मैनेज में जाते हैं तो हम यहां पे अपनी फ़ाइल्स को कहां पे रखते हैं सब लोग के सब लोग को यहां पे ये यह देखना है कि अपन फाइल्स यहाँ पर फाइल मैनेजर में रखते हैं ये कोई काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट प्लेटफॉर्म नहीं है जैसे फॉर द एग्जांपल आपने एस का एक पेज बनाया है तो आपको अपलोड करना है एस का पेज तो सिंपली है यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं है यहाँ पे आपको फाइल मैनेजर में क्लिक करना है जैसे आप फ़ाइल मैनेजर में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो आपका जो फाइल मैनेजर में आपका जो डेटा है वो यहाँ पर अपलोड आप कर सकते हैं तो देखिए जैसे कि क्या है कि आप यहां ध्यान दीजिए तो जैसे कि हमने यहां पे एक न्यू फ़ोल्डर बना दिया न्यू नाम का तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए न्यू नाम का एक फ़ोल्डर बन गया बट जैसे इसके अंदर क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं है खाली है तो अगर आप चाहते हैं इसके अंदर आप अपनी html को फ़ाइल को अपलोड करना तो पहले आप उसको zip फाइल बनाएँ फिर उसके बाद अपलोड फ़ाइल में क्लिक करें और उसके बाद आपका जिप फाइल अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद आप अपने डेटा को अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद रिन्यू कर सकते हैं तो ये था आज का वीडियो थैंक्स फॉर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो